आयुर्वेद चिकित्सा को लेकर लोगों का विश्वास और रुझान बढ़ा है रीवा में आयुर्वेदिक संजीवनी आयुर्वेद एवं पंचकर्म सेंटर का उद्घाटन के साथ वरिष्ठ वैद्यों का सम्मान किया गया इस दौरान डॉक्टर प्रदीप सिंह ने कहा कि आज के समय में आयुर्वेद में रोगों का कारगर इलाज है केवल आयुर्वेद ही ऐसा है जिसमे रोगों को जड़ ऐसी समाप्त करने की क्षमता है आयुर्वेद चिकित्सा के प्रति बढ़ते विश्वास को देखते हुए रीवा में संजीवनी आयुर्वेद एवं पंचकर्म सेंटर की शुरुआत की गयी आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा विधायक नागेंद्र सिंह विधायक दिव्य राज सिंह महाराजा पुष्प सिंह के साथ मुख्य वन संरक्षक ए के सिंह मौजूद रहे कार्यक्रम का संचालन राम बिहारी शर्मा ने किया इस दौरान वरिष्ठ वैद्यों का सम्मान किया गया और उनके अनुभव लिए गए कार्यक्रम को लेकर बताया गया की इस आयुर्वेद सेंटर में शिरोधारा पंचकर्म लीज थेरेपी के साथ सभी रोगों का इलाज किया जाएगा मरीजों का इलाज अनुभवी डॉक्टर्स करेंगे कार्यक्रम को लेकर सांसद जनादा मिश्रा ने कहा कि हमारी पुरानी इलाज पद्धति कारगर थी लेकिन समय के साथ लोगों ने आयुर्वेद को भुला दिया लेकिन कोरोना के समय फिर इसी आयुर्वेद ने काढ़ा देकर लोगों की जान बचाई उन्होंने कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि लोगों में आयुर्वेद के इलाज के प्रति विश्वास बढ़ाए वही रीवा के महाराजा पुष्पराज सिंह ने कहा की आयुर्वेद जैसा इलाज आज किसी पद्धति में नहीं है अभी आज ये पद्धति विशेषता सिद्ध हो चुकी है वैज्ञानिक रूप से एक मान चुके हैं कि नहीं यह पद्धतिमा रोग का जड़ से खत्म करे की क्षमता है ऐसे एक विश्वास बढ़े आयुर्वेद के प्रति एकार हम बचे मौखिक रूप से मोबाइल से सोशल मीडिया से यदि जवानों को माध्यम से संचार माध्यम से यह पद्धति के तारीफ हो चाहिए प्रशंसा हो चाहिए और यह पद्धति में लगे जो वैद्य डॉक्टर हैं उनका सम्मान मिले चाहिए औषधि जानवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि तो वैद्यो नारायणो हरि है अब ओके आगे ना कहा डॉक्टरों नारायण हरी होते लेकिन यह समय बहुत आवश्यकता है कि जो भारत के अंदर यह संजीवनी है जो औषधि है उनके जानकार का हम पंचे एकत्र करके वह संजीवनी का सही जगह पे इस्तेमाल करवाएं। संजीवनी आयुर्वेद एवं पंचकर्म सेंटर के डॉक्टर प्रदीप सिंह ने बताया कि आयुर्वेद में करीब करीब सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है इस सेंटर में सभी तरह के मरीजों का इलाज होगा उन्होंने बताया की पंचकर्म ऐसी मौसमी बीमारियों से लेकर सभी तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है अनुभवी डॉक्टर मरीजों का बेहतर ढंग से इलाज करेंगे जीरा हल्दी ये सब औषधियां हैं सब औषधियां हैं काली मिर्च ले लो दालचीनी ले लो लहसुन ले लो ये सब दिव्य गुण वाली औषधियां हैं साधारण औषधियां नहीं है पर ये है कि आयुर्वेद लोगों को जानने की जरूरत है आयुर्वेद का प्रचार प्रसार नहीं हुआ है और आयुर्वेद के वैद आयुर्वेद को घटाने में उनका सबसे बड़ा उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होना एक सबसे बड़ा कारण है